गुरुग्राम के सेक्टर 40 के मेन चौराहे पर आज ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की जांच का अभियान चलाया इस अभियान की कमान सब इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने संभाली और उनके साथ हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और दो पुलिस कर्मचारी और थे उन्होंने बताया कि हम ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उन्हें यातायात नियमों की जानकारी भी दे रहे है उन्होंने कहा की पुलिस सिर्फ चालान ही नहीं करती बल्कि लोगो को जागरूक कर उनकी जान बचाने का काम भी करती है उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए क्योंकि हेलमेट चालान के साथ साथ आपकी जान भी बचाता है साथ ही उन्होंने कहा कि रोड पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का सबको पालन करना चाहिए उन्होंने बताया कि आज हमने कुछ दोपहिया वाहनों के चालान भी किए और कुछ को चेतावनी दे छोड़ दिया पर और ये जो इलेक्ट्रिक वाली है ये साइकिल ऑलमोस्ट साइकिल ये अलाउड है जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं फिर भी पब्लिक बोर्ड ठीक है सर ये पूरा फुटपाथ एरिया साइकिल रोड है पूरा फुटपाथ और साइकिल रोड है इसमें अलाउड नहीं है मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है बोर्ड लगे हुए हैं चार साल